तो नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के ऐतिहासिक चैनल एच दासीज पे जैसा कि आप सभी सम्मानित दर्शकों से हमारा वादा था कि आज रात्रि 10 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आपके मध्य हम लाइव रहेंगे लेकिन कुछ कारणवश थोड़ा सा डिले हो गया एक्चुअली में था क्या कि एक प्रिडिक्शन भविष्यवाणी जो है उसका सूट चल रहा था और जल्द ही वो वीडियो एक दो दिन में आप तक की पहुँच जाएगी तो इस कारण थोड़ा सा जो है विलम्ब हुआ जिसके लिए हाथ जोड़ करके आप सभी सम्मानित दर्शकों से क्षमा मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन छोटन को उत्पाद तो आप लोग हमको क्षमा कर देंगे व्यस्तता ज़्यादा थी अधिक थी कुंडली भी बहुत अधिक आ रही है इस समय और समय बिल्कुल भी अपने लिए भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं इस कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो खैर दर्शकों देर आए दुरुस्त आए लेकिन आप सभी लोगों के बीच हम लाइव आए हैं चूँकि आज हमने जो है डाला भी था कि आज हम लाइव आएंगे ही आएँगे तो राशिफल क्या कहता है 20 अगस्त का इस पर हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ कुछ लाइव टेलीफोन कॉल आप सभी लोगों का लेंगे और दर्शकों बताना चाहेंगे कि आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए मंगलवार दिन रहेगा क्या ऐसे दिव्य प्रयोग करें कि आपका दिन आज बेहद शुभ हो साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि मंगलवार को दिशाशुल क्या होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या दान दें क्या ना जो है ना दान दें तो तमाम चीजों पर तमाम पहलुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे एक वीडियो हमने शनि से रिलेटेड बनाई हुई है काफी उसकी तारीफ हो रही है आप सभी दर्शक लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं आज वो पब्लिश हुई है शनिदेव को समझिए एक नए अंदाज यही उसका टाइटल है उम्मीद करते हैं दर्शकों आप लोग उसको जरूर देखेंगे और जरूर जो है आनंदित होंगे तो चलिए दर्शकों अधिक समय न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता ये है ये पांच अंग हैं तिथि वार करण विक्रम 2076 1941 इस समय दक्षिणायन चल रहा है भाद्रपद मास है कृष्ण पक्ष है और जो कृष्ण पक्ष की तिथि रहेगी दर्शकों सुबह साढ़े तीन बजे तक की चतुर्थी तिथि रहेगी उसके उपरांत पंचमी तिथि रहेगी नक्षत्र बुद्ध का रहेगा रेवती उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र रहेगा केतु का नक्षत्र है दोनों ही गंडमूल नक्षत्र रहे। है योग रहेगा शूल इसके शुल्त गंड रहेगा करल जो रहेगा दर्शकों बालो रहेगा इसके उपरांत कौलो और अंत में तहतिल करल रहेगा चंद्रदेव जो रहेंगे मीन राशि में आज रहेंगे रात को दस बजकर तक की इसके उपरांत मेष राशि में आएंगे रोहन जी देहरादून से रोहन जी नमस्कार आपसे देखिए बात भी करनी है कारण हम बात भी नहीं कर पाए थे क्षमा प्रार्थी आपसे और सूर्योदय सूर्यास्त की बात करते हैं सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर उनसठ मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर तिरालीस मिनट पर राहु काल मंगलवार का जो रहेगा दोपहर तो तीन बजे से साढ़े चार बजे तक रहेगा कोशिश कीजिएगा कि इस पीरियड में किसी भी शुभ कार्यों को मत करिएगा शुभ कार्यों का काम करना बिल्कुल भी मना ही है कवलजीत कौर जी राम राम जी दिल्ली से हैं हर्षा सक्सेना जी मुंबई से नमस्ते जी और तमाम लोग देखिए जुड़ गए हैं विजय मुहूर्त की बात कर लेते हैं उसमें आप शुभ कार्य करिएगा बारह बजकर सत्रह मिनट से लेकर के एक बजकर तेरह मिनट तक की विजय मुहूर्त रहेगा इसमें आप लोग कार्यों को पंचमी तिथि के बारे, बारे में हमने आपको बताया था कि बिल्व फल का सेवन नहीं करना चाहिए और जो षष्ठी तिथि रहेगी इसमें अपने शरीर पर किसी भी प्रकार के तेल का मर्दन अर्थात तेल को जो है मतलब मालिश करना ये मनाही होती है तो इन सब चीज़ों से दर्शकों देखिए आपको बचना रहेगा क्योंकि मंगलवार दिन रहेगा दिशाशूल की बात ना करें तो ना होगी मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर का दिशाशूल होता है उत्तर दिशा की ओर यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अब यदि करनी पड़ जाए तब आपको क्या करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि पहले दक्षिण की तरफ आप पाँच कदम छः कदम चलिए उसके बाद उत्तर दिशा की ओर यात्रा करिए और यात्रा करने से पहले गुड़ का सेवन आपको करके तभी यात्रा करनी रहेगी दर्शकों इतने लोग हो गए आप लोग देखे लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं और जो प्रोग्राम हम शूट कर रहे थे हरियाणा इलेक्शन से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी है और काफी कुछ उलटफेर होने वाला है बहुत भयंकर आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा उलटफेर होगा वो भविष्यवाड़ी एक दो दिन में पड़ेगी इसी कहते हैं हमारे चैनल को दर्शकों आप लोग सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए मुकेश जी हैं और बाल गोविंद जी हैं राम राम जी एक बार जो है कमेंट पढ़ लेते हैं और विजय हंसराज जी हैं मुंबई से नमस्ते जी विजय विवेक राजपूत जी, जी हैं सभी दर्शकों का देखिए बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है और आप लोग कॉल कर रहे हैं अभी हम फोन उठाते हैं एक दो तो तब तक, तक राशियों का हाल हम बता दें चलिए दर्शकों मेष राशि की ओर बढ़ते हैं मेष राशि के जात कैसा रहेगा आज का दिन तो भाग्य का भरपूर साथ आज आपको मिलेगा आज आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल रहेगा सेहत के मामले में आज आप अपने आप को तरोताजा और फिट महसूस करेंगे पुराने दोस्तों से मिलने का आज आपको मौका मिलेगा और आज, आज आप उनके साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं मेस राशि की यदि आप जातक हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छे परिणाम हासिल करेंगे लव मेट के साथ आज, आज आप बेहतरीन पल गुजारने का मौका आपको मिलेगा आपके अंदर उत्साह बना रहेगा सामाजिक क्षेत्र में आज, आज आपकी सराहना होगी आज आपके ऑफिस में आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जा सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कोशिश कीजिए कि आज प्रताकाल गुड़ का सेवन करके घर से निकलिए और गौ माता को गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए एक लाल रंग का रूमाल अपने पास रखिएगा शुभ कलर रहेगा लाल शुभ अंक रहेगा एक वृषभ राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए तो राशि के, होगी। के यदि आप हैं। तो आज शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है अधिक अधिकारी वर्ग से आज आपका मेलजोल बना रहेगा जीवन साथी के साथ समय बेहतर बीतेगा मंदिर में साबुत मूंग की दाल का यदि दान करते हैं तथा आज गुड़ का सेवन करके घर से निकलते हैं तो दिन आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा एक व्हाइट कलर का रूमाल अपने पास जरूर रखिएगा व्हाइट कलर ही आपके लिए शुभ रहेगा और अंक आपके लिए अंक रहेगा दर्शकों आप लोग देखिए फटाफट कॉल करिए और एक फोन कॉल आया है ले लेते हैं हेलो हलो हल... राधे राधे राधे राधे गुरु जी, जी मेरी जन्म तारीख है जी नौ तीन नौ उन्नीस है कि तीस है तीन, तीन. तीन सो टाइम बताइए जी बजे का तो ये मंगलवार दिन था जी। नौकरी के बारे में आपका प्रश्न है जी नौकरी के बारे में देखिए नौकरी आपको जो है फरवरी दो हजार बीस के बाद मिलती हुई नजर आ रही है किसी प्राइवेट तो सेक्टर सर बिजनेस करना चाह रहा हूं, मैं कुछ कुछ अपना खुद का हाँ आप कर सकते हैं बिजनेस फूड से रिलेटेड कर सकते हैं कोई ट्रेवल एजेंसी चाहे तो आप खोल सकते हैं कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य आप कर सकते हैं जी सूर्य को नृत्य और... सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए आपके लिए बेहतर रहेगा ठीक है सर, जी आप गुरुजी जी मैं सेंटर चला रहा हूँ लेकिन सेंटर उतना अच्छा चल नहीं रहा वो शिक्षा एजुकेशन फील्ड से आपको कार्य नहीं करना है एजुकेशन फील्ड से दूर रहिएगा जी और बाकी अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवा सकते हैं और अच्छे से ठीक है जी तो मिथुन राशि के के बारे में में चलते हैं मिथुन राशि जातकों आज आपके मन में तमाम नए नए लेटेस्ट विचार आएंगे आज आप किसी कार्य के लिए खास योजना तैयार कर सकते हैं आमदनी में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है खुद को कुछ थका हुआ महसूस कर सकते हैं बड़े बुजुर्गो को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं इसके साथ आज जो छात्र हैं ये अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं कहीं पिकनिक मनाने जा सकते हैं बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा चालीसा का आप लोग तीन बार पाठ करिए और एक लाल रंग का रुमाल अपने साथ जरूर रखिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा तीन कर्क राशि के जात आज का दिन क्या कहता है तो आज कोई मित्र अचानक आपके घर आ सकता है कोई नए मेहमान आ सकते हैं आज आपका कोई ज़रूरी कार्य पूर्ण होने की पूरी उम्मीद है आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा आज माता पिता का आपको पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ आज आप जिसको चाहते हैं जिससे प्यार करते हैं उनका आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा आज के दिन जो है जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है और आज कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आप अपने पार्टनर को भेंट कर सकते हैं उपाय के तौर तो पर करना क्या रहेगा तो मंदिर में एक मिट्टी का घड़ा आज आप दान करिए और कोशिश कीजिएगा कि आज धर्म स्थान की सफाई भी जरूर करें आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा आपके लिए चार हमारी जो अगली राशि देखिए दर्शकों आती है ये आती है सिंह राशि लेकिन उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी गुरुजी नमस्ते नमस्ते जी, जी। के लिए नमस्ते हैं हाँ जी बताइए उसका नाम मेघा शर्मा है जी वो वो पी एम सी के लिए तैयारी कर रही थी तो उसने दो बार अपना एग्जाम दिया बट उसका क्लियर नहीं हो रहा डेट आप बताइए टेन दिसंबर जी नाइन्टीन नाइनटी एट जी समय मॉर्निंग है टू का बर्थडे? डे ठीक है जी राजस्थान देखिए ये जो तैयारी कर रही हैं। है हाँ? कोशिश कीजिए ये एजुकेशन फील्ड में जाए तो ज्यादा इनके लिए बेटर रहेगा एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा करेगी और दस दिसंबर दो हजार उन्नीस के बाद से इनको जॉब मिलने के जो है मतलब मतलब चांसेस रहेंगे तैयारी अभी अभी करें अभी तो इनकी 98 डेट आप बात है लेकिन 10 दिसंबर हाँ। के बाद से इनके इनको कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी वापस एग्जाम दिला सकते हैं क्या हां आप दिसंबर के बाद अगर कोई एग्जाम होगा तो इसमें इनको सफलता भी मिलेगी 10 दिसंबर के बाद ठीक है जी, जी, जी। तो सिंह राशि की ओर चलते हैं क्योंकि ग्रहों के राजा की राशि है सिंह राशि तो आज आपके करियर को को कोई नई दिशा मिलेगी कार्यस्थल पर आज आपका मान और मर्यादा ये दोनों बढ़ेगा सिंह राशि के जातकों नौकरी पेशा लोगों के लिए आज उन्नति के तमाम जो है नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे और आज आपका प्रेम संबंध भी काफी मजबूत रहेगा सीनियर से आज आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है अचानक से धन लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे आज आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी जीवन शैली में कुछ आप बदलाव करके जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल जल रेत चुटकी हल्दी डाल के यदि आज आप स्नान करते हैं तो आपके समस्त कार्यों की सिद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कन्या राशि की ओर चलते हैं तो आज आपका मन सामाजिक कार्यो की तरफ रहेगा आज आज आज लोगों के के बीच आपकी तारीफ रहेगी। शाम को घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहेंगे। आज आपका आर्थिक पक्ष भी बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आज मेहनत के बल पर आज आप सफल होंगे बिजनेस में लगाए गए पैसों से आज आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो छात्र हैं इनके लिए बेहतर रहने वाला है बुआ या बहन को कोई आज आप रेड कलर का जो है ए, क्या कहते हैं कोई कपड़ा वगैरह आप गिफ्ट कर सकते हैं कुछ मीठा दे सकते हैं और आज, आज आप हनुमान जी को बेसन के लड्डू भी आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तुला राशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल ले लेते हैं हेलो गुरु जी हाँ जी नमस्ते जी मैं अपने बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ अभी आपने फोन किया था क्या हाँ, अभी मैंने फोन किया था था। हाँ जी अभी अभी अभी लगाया लगा पंद्रह मई उन्नीस सौ तिरासी जी सत्रह बज के, के पंद्रह मिनट हाँ है गांधी गुजरात जी सर मेरा ये सवाल है कि मैं शादी के लिए लड़का सर्च कर रही हूँ एक बार मेरा एंगेजमेंट हुआ था दूसरा उस होगा हाँ जी जुट गया था और उसके बाद गठ विवाह भी करवा दिया लड़का तो काफी सारे आ रहे हैं लेकिन मेरे को जो चॉइस चोइसेबल है जैसे कि मैं अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ तो मैं अहमदाबाद गुजरात का लड़का चॉइस करना चाहती हूँ मेरा सब कॉन्टेक्ट वगैरह यहाँ है सबसे पहले तो देखिये आप मांगलिक है पूर्ण मांगलिक है समझ रही है ना तो शादी करने के पहले जो है आप जो घट विवाह करवाई है ठीक की है उज्जैन में जा करके मंगलदेव का मंदिर है वहां पर दर्शन कर लीजिए आप उज्जैन में ओके, हाँ ओके, ओके. और दूसरा कि आप गेहूं का गुड़ का और तांबे का दान मंगलवार वाले दिन करिए विवाह की जो आपने बात पूछी है ये मान के चलिए कि नवंबर के बाद से कोई रिश्ता आ सकता है अच्छा और आगे लाइफ लाइफ कैसा रहेगा रहेगा क्योंकि में स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल यानी वैवाहिक जीवन में कुछ आपके जो है मतभेद उभर कर आएंगे सामने इतना इतना अच्छा नहीं रहेगा अच्छा नहीं ठीक ठाक एवरेज रहेगा बहुत अच्छा नहीं रहेगा शादी करिए बगले की भी कुंडली देखे ना एक रिपोर्ट देख करके हम आपके बारे में बता सकते हैं ठीक है जी है। बस एक क्वेश्चन तो दर्शकों, तुला राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए तो आज आपको आपके कार्य में आपके दोस्तों की मदद मिलती हुई नजर आ रही है कई दिनों से आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है तुला राशि के यदि आप जातक हैं स्टूडेंट्स हैं तो आज आपका दिन बड़ा बेहतरीन रहेगा आज आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई गुड न्यूज कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है परिवार में सुखद वातावरण का माहौल रहेगा दाम्पत्य संबंध आपके मधुरता से भरपूर रहेंगे इसके साथ साथ बताना चाहेंगे की आज आपकी सेहत पहले की अपेक्षा फिट रहेगी आगे बढ़ने के आज आपके तमाम नए अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है आज करना क्या रहेगा तो हनुमान जी को एक लाल चोला आप चढ़ा दीजिएगा और सुंदरकांड का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा आठ वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो माता पिता के सहयोग से आज आपका कार्य पूरा पूरा होगा घर पर अचानक कोई मित्र आ सकता है संभावना है। आज को, अपने को नियंत्रण में रखना होगा सोच समझ कर ही अपनी बात किसी के सामने रखिए अन्यथा बात विवाद हो सकते हैं बच्चों के साथ आज आपका समय अच्छा बीतेगा कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आज करना क्या रहेगा तो आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके उनको लेप लगाइए और हनुमान अष्टक का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा ये ये रहे ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए धनु राशि पर आगे वाले उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हाँ सर राम राम सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है इकतीस दिसम्बर उन्नीस सौ इक्यानबे अच्छा मंगलवार दिन था हाँ जी बताइए और प्रेम संबंध के बारे में भी कुछ जानना है आपको तो पहले प्रेम संबंध पूछिए ना आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ कुछ रहे है प्रेम संबंधों में आपको चीटिंग मिलेगी धोखा मिलेगा बिल्कुल तो नहीं हो पाएगी अब आते हैं आपके करियर पर प्रेम के कारण कैरियर में भी जो है बाधा आ रही है तो सबसे हाँ जी देख रहे हैं सर जॉब के आसार भाई साहब दिख रहे हैं लेकिन 2020 मार्च के बाद दिख रहे हैं ठीक है जी ठीक ठीक ठीक ठीक चलिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं तब हम जो है धनु धनुराशि पर चलते हैं और हिमांशु जी हैं कर पाता है, कम बोलता है मतलब स्पीच देखिये इनकी कुंडली का आप विश्लेषण करवा लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा और नीलम गुलाटी जी हैं नमस्ते जी राहुल सेन जी साधना पांडे जी राम राम योगेश दत्तावानी जी हैं नमस्ते जी और वरुण कुमार वर्मा जी हैं जाट साहब जय श्री राम सब लोग राम राम बोलिए दत्ता पवार जी हैं और मुनिंदर भारद्वाज जी हैं नमस्ते मुनिंद जी दिव्यांग कुमार पांडे जी हैं स्वागत है सरयू जी हैं आपकी राखी मिल गई थी देखिए राम राम जी और आरकेएम जयश्री राम आशा पांडे जी हैं नमस्ते जी ललित बघेल जी हैं जयश्री राम जी हेल्थ स्टार फिजियोथेरेपी केयर सेंटर जी राम राम जी शीना जी हैं राम राम बाल गोविंद जी हैं और पार्थ भी है, जी हैं वरुण जी हैं सब लोग देखिए जुड़ गए हैं सबको ढेर सारा दोनों हाथ से हमारा जो है नमस्ते बड़ों को नमस्कार छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद चलिए राशिफल पर चलते हैं धनु राशि के जातकों की ओर बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक फोन कॉल और ले लेते हैं हेलो प्रणाम हाँ जी नमस्ते जी आ, मुझे अपने दोस्त के बारे में पता करना है 14. November, बहुत कम लोग होते हैं जो दोस्तों के बारे में पूछते हैं जी टाइम बताइए उस के पौने बजे अच्छा जी पहले यही आपका मेरे गांव के पास है मेरठ हाँ मेरठ मेरठ अच्छा कोई ये लड़की है क्या नहीं उर्जी लड़का ही है मेरा दोस्त है अच्छा क्या जानना है ये बताइए कैथलीट है है चैंपियन चैंपियन उसकी जनवरी में में में में तो उसके बारे कुछ नहीं जनवरी जनवरी जनवरी है एशियन इसके लिए अच्छा रहेगा इसको इसको आप बोलो हाँ जी बताइए सबसे पहले तो ये मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना स्टार्ट कर दे मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और काफी तेज तर्र है तो मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें गेहूं और गुड़ का दान मंगलवार के दिन करें और यदि हो सके तो एक पन्ना पहन ले क्योंकि लग्नेश और कर्मेश दोनों इनके बुद्ध बनते हैं और बुद्ध जो है क्योंकि जेष्ठा नक्षत्र का है अपने नक्षत्र का है तो एक पन्ना इनको जरूर पहना दीजिए और ये आगे चल करके काफी कुछ बड़ा करेंगे इनकी राशि इनकी जो राशि आती है भाई साहब इनकी कन्या राशि है ठीक है जी जी ठीक तो धनु तो धनु धनु राशि राशि की ओर बढ़ते हैं के जात को आज किसी काम के लिए आपके मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं काम का बोझ बहुत ज्यादा अधिक रहेगा थोड़ा सा थकान बढ़ेगी जीवन साथी के साथ रिश्ते कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं मानसिक तनाव आज आपके मन में रहेगा आज आप प्रॉपर्टी के लिए कोई डील मिलेगी तो बहुत सोच समझकर साइन करिएगा पेपर वर्क करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा कुछ गलतियाँ आज आपसे हो सकती हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत रहे जो है रहेगा कोशिश कीजिए कि आज गायत्री मंत्र का 21 बार उच्चारण करिए और हनुमान जी के दर्शन जरूर करिए शुभ कलर आपके जो रहेंगे ये रहेंगे ए, ये शुभ अंक आप कल रहेगा रहे ये रहेगा साथ मकर राशि के जातकों आज आपको आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हो, प्राप्त होंगे भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे किसी काम में उनका सहयोग हो, प्राप्त होगा कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी आज रिश्तों में नई चेतना का संचार होगा स्टूडेंट से यदि आप हैं तो कैरियर से रिलेटेड कई अच्छे मौके आज आपको मिलेंगे नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है ऑफिस में आज कोई जूनियर आपसे मदद मांग सकता है आज आप उनकी मदद करने में सफल रहेंगे किसी कन्या का पैर छू कर के आशीर्वाद लीजिए और दुर्गा सप्तशती तो के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार कुंभ राशि की ओर आगे बढ़े लेकिन एक फोन कॉल और ले लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते नमस्ते हेलो हाँ, बोलिए और से बात है बोल रहे हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 84। 28 नवंबर नवंबर 84 84 राजकोट बारह बज के पैतालीस मिनट जी और जन्म स्थान मेरा रहेगा सूरत गुजरात में अच्छा हाँ जी मेरा करियर के बारे में जान, है। कार्य क्षेत्र में जल्दी जल्दी बदलाव आपके होते रहेंगे मुझे उसमें कौन सा अचीवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा अचीवमेंट मिलेगा लेकिन अभी हमें जो इसमें समय दिख रहा है ये भाई साहब दिख रहा है एक मार्च 2020 2020 मार्च के बाद से अचानक से अचानक कोई टर्न आएगा आपके जीवन में और अच्छा बीस रहेगा करेंगे आप इतनी ज्यादा मार्केट डाउन है इसके बावजूद भी आप अपने आप को बचा ले जा रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है मुझे बहुत बड़ा है अभी मैंने स्ट्रगल भी बहुत किया है लेकिन है लेकिन क्या कि जितना मैं कार्य करता हूं ना जी, उतनी सफलता नहीं मिलती ऐसा है, है नहीं जी सफलता आपको मिलेगी थोड़ा सा वेट कर लीजिए तीन चार महीने ही बचे हैं अच्छा ठीक है जी तीन चार महीने कुंभ राशि के आज आपके कार्य करने के तरीकों में बदलाव आ सकता है चेंज आ सकता है आज आप किसी काम के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं संतान की ओर से आज कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और आज, आज आप भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं ऑफिस में कोई उलझा हुआ काम आज आप सुलझाते हुए नजर आएंगे आज आप कोई क्लाइंट्स को मनाने में सफल हो सकते हैं बॉस अगर आपसे नाराज़ हैं आप उनको मना सकते हैं छात्र यदि योजना बना करके तैयारी करेंगे तो करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे आज योग करिएगा प्राणायाम करिएगा भ्रामरी प्राणायाम करिएगा तो अच्छा रहेगा धर्म स्थान पर शहद का दान आज रिश्तों में मधुरता लाएगा और लक्ष्मी प्राप्ति भी कराएगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि लेकिन दर्शकों अंतिम राशि पर बढ़ने से पहले हम प्रयास करते हैं कि कोई एक अंतिम फोन कॉल ले लें जिनका अजाय और फोन कॉल लेने के बाद फिर हम अंतिम राशि पर चलते हैं देखिए फोन कॉल आ भी गया और गुजरात से ही या सबसे ज्यादा फोन गुजरात से आ रहे हैं हेलो हलो Hello. हाँ जी? नमस्ते, जी नमस्ते हाँ जी मैं अपने भाई के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ जी उनका डेट जनवरी एटी नाइन जी और समय मोर्निंग के आठ बजे जी और उनका है है गुजरात गुजरात जी आपके भाई की कुंडली काफी काफी अच्छी है, में भी काफी अच्छे हैं और कोई व्यापार करते हैं क्या अभी तो गुरु जी वो एडवोकेसी में गए हैं मैंने उसको थोड़ा सा तो प्रेशर किया था मैं उसकी बड़ी दीदी हूँ तो मैंने उसको प्रेशर किया था अभी एडवोकेसी में गए लेकिन वो दूसरा कुछ कुछ कुछ करना है है मैं ये, करूं, ये करूं। लेकिन अभी अभी तक उसने आगे प्रोग्रेस नहीं किया। उनका लगना आ रहा गुरु जी जी हाँ जी हांजी तो आ, उनका उनका नाम कुंभराशी है गौरव नाम है उनका जी और वो आगे एडवोकेसी में अच्छा कर पाएंगे किस तरह आपको तो लग रहा है गुरु देखिए इनको यदि कुछ करना चाहिए तो फूड से रिलेटेड कोई कर चला सकते हैं केमिकल से से से रिलेटेड रिलेटेड रिलेटेड कोई कोई वर्क कर कोई वर्क कर कर अच्छा। कर सकते सकते सकते हैं हैं हैं ब्यूटी प्रोडक्ट दूध एडवोकेट भी है ठीक है लेकिन जो हमने क्षेत्र बताया इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं सलाहकार हो सकते हैं अच्छा हाँ और उनका थोड़ी सी दिक्कत रहेगी हालाकि पैतृक संपत्ति वगैरह इनको अच्छी खासी मिलेगी और पैसे वाले है काफी ऐसा नहीं है जमीने इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह इनके पास काफी रहेगी ठीक है जी हाँ जी ठीक जी सर थैंक यू तो अंतिम अंतिम राशि राशि राशि राशि पर अब चलते हैं दर्शकों और हमारी आती आती है ये आती है मीन राशी। मीन राशी के के जातकों लिए सितारे क्या कहते हैं तो आज आप सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे बिजनेस में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा विवाहितों के लिए आज का दिन काफी बढ़िया रहने वाला है काम के लिए आज आपकी ऊर्जा बनी रहेगी शिक्षा से जुड़ी हुई आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मीन राशि के हैं तो आज आपको सफलता मिलने के योग हैं इनकम के कुछ एक्स्ट्रा सोर्स मिलेंगे bank, bank आज आज आपका साथ ही जरूरत पड़ने पर आज आपको अपने जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान कीजिए आपके जीवन में खुशियां आएगी और यदि हो सके तो आज के दिन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात तो ये तो था हमारा मे से लेकर के मीन राशि का राशिफल दर्शकों फोन से ऑफ कर चुके हैं तमाम लोगों जो है आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो प्लीज अपलोड कर दीजिए और शंकी ठाकुर जी गुरु जी आप लाइव आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है थोड़े समय के लिए हिस्सा ही लाइव आते रहिए तो शंकी जी बिल्कुल हम लाइव आते रहेंगे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं हिमांशु शेखर जी हैं नमस्ते जी जयप्रकाश मिश्रा जी हैं प्रणाम जी जनकपुर से हैं नेपाल से हैं शुभम भीलवार जी हैं गुड नाइट जी शुभम जी आप पढ़ाई करिए मोबाइल मत देखिए इवन हमारा चैनल भी मत देखिए आपको बहुत कुछ करना है पल्लवी महाजन जी हैं पल्लवी महाजन जी नमस्ते राम राम और विनोद सिंह रावत जी हैं जय श्री राम जी लल्नी जी हैं राम राम जी और ज्योति जी हैं राम राम आ, सब लोग देखिए इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं पता नहीं इसका हम जो है मूल्य उचित चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे दर्शकों यदि हमसे कोई जो है भूल हुई हो तो क्षमा करिए जिन लोगों के भी फ़ोन कॉल आज लगे हैं आप लोग प्लीज़ दोबारा मत ट्राई किया करिए क्योंकि देखिए दर्शकों हर किसी को मौका दीजिए और जिनके भी फ़ोन कॉल नहीं लगे हैं प्रयास करेंगे कल भी लाइव आए और आप लोगों से भी बात करें तो दर्शकों दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार शुभ नवरात्रि आप सभी लोगों का दिन शुभ हो मंगलमय हो और हाँ हमारा वो वीडियो देखना ना भूलिए जो हम डेली आपके लिए ही डालते हैं दी इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार